मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना शिविर का अवलोकन किया जहां उन्होंने कहा कि हर एक बहन को लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा जब तक सभी के फॉर्म नहीं भरे जाते हैं तब तक फॉर्म भरने का कार्यक्रम चलता रहेगा। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना शिविर में कहा जब तक हर एक बहन को इस योजना की पात्र उसका फॉर्म नहीं भरा जाता तब तक ये फॉर्म भरने का कार्यक्रम जारी रहेगा मैं हर बहना को इस योजना का लाभ दूंगा किसी भी बहना को नहीं छूटने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए भाई का काम ही होता है बहनों की जिंदगी सुरक्षित करना आप सभी बहनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा और तीस अप्रैल भी कोई चिंता मत करना अगर बनाना होगा तो भैया के हाथ में तीस अप्रैल के दस ही कर दूंगा उसमें कौन सी बड़ी बात तो ये बिल्कुल चिंता मत करना की मेरा क्या होगा कई बार ये थोड़ा सा मशीन है तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है लेकिन इसमें परफेक्ट काम हो रहा है देखो फॉर्म भरवा के जमा करते कोई दबा के बैठ जाता कोई कहता है सौ रुपया दे दो मैं करवा दूंगा सही बात है कि नहीं अब इसमें ऐसी कोई बेईमानी नहीं होती इसलिए अपन ने कोई के हाथ में नहीं छोड़ा यही अपन सब करवा रहे तो सब बहनों का होगा आप बिल्कुल चिंता मत करना और आपके चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ गई तो भैया की जिंदगी सफल हो गई, मेरा मुख्यमंत्री बनना सफल हो गया वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले